कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पाठ्यक्रम में इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम न्यू कॉन्सेप्ट जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कंप्यूटर के कार्य करने के लिए लिखते हैं उन सभी प्रोग्राम को एक साथ मिलकर उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा होता जाता है हमें विशेष मेथड की जरूरत होती है जिससे कि हम दोनों को मैनेज कर सकें बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण और इसका उपयोग सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं हम इसके बारे में थोड़े समय बात करते हैं इस सत्र में और आने वाले सत्र में इस तरह के बड़े सिस्टम को हैंडल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे विशेष रूप से इस सत्र में हम सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स विशेषकर डिफरेंट उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण को देखेंगे मोटे तौर पर सॉफ्टवेयर को चार अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो की मुख्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसे कुछ गैजेट और एप्लायंसेस में एम्बेड किया जाता है और इनमें कुछ स्पेशल फीचर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत एम्बेडेड सिस्टम में होती है और अंत में वेब एप्लीकेशन हम प्रत्येक के बारे में टिप्पणी करेंगे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी हम जनरल पर्पज कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशली लिखा हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है ये कई एलिमेंट्स को मिलाकर बना होता है उदाहरण के लिए इसमें फैसिलिटी होती है कि यह कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करे फैसिलिटी होती है कि यह कंप्यूटर के साथ जुड़े स्टोरेज को मैनेज करे फैसिलिटी होती है कि यह कंप्यूटर द्वारा कई प्रोग्रेस की प्रोसेसिंग को मैनेज करे उदाहरण के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से परिचित होंगे जो कि एक बहुप्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स थर्ड जेनरेशन लैंग्वेज के रूप में रेफर किया जाता है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग को ज्यादातर मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था इसे सीधे जीरो 001 इत्यादि से कॉल किया जाता था फिर लोगों ने जो डेवलप किया उसे असेंबली लैंग्वेज कहते थे और उन असेंबली लैंग्वेजेस के लिए असेंबलर और कंपाइलर को डेवलप किया असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते थे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की शुरुआत फॉर या फार्मूला ट्रांसलेशन के इन्वेंशन के साथ हुई एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज जो पहले के समय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाती थी अब करीब 800 से ज्यादा हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं फिर स्पेसिफिकेशन प्रकार की लैंग्वेजेस आई जहां आपको ये नहीं डिफाइन करना होता था कि कौन से प्रोसीजर फॉलो करना है परंतु आपको बताना होता है कि आप क्या करना चाहते हो डेटाबेस और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस जिन्हें डेटाबेस को प्रोग्राम करने के लिए यूज किया जाता है इस श्रेणी में आती है इन्हें फोर्थ जेनरेशन लैंग्वेजेस कहते हैं पुनः आपको कंपाइलर जितना ही इफेक्टिव सिस्टम सॉफ्टवेयर और रन टाइम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आप एसक्यूएल और 4GL में लिखे प्रोग्राम को हैंडल कर सकें फिर हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन टूल होता है आर एक उदाहरण आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट) है उदाहरण के लिए कोड ब्लॉक बहुत ही सिंपल है परंतु फिर भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और बहुत से सॉफ्टवेयर जो कि वास्तव में इसलिए लिखे गए हैं कि हमें कोडब्लॉक उपलब्ध करा सकें बहुत से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बना देते हैं फिर इनके इंटरप्रेटर में कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि एच जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल आदि सॉफ्टवेयर को विकसित बनाए रखने के लिए टूल्स और सभी इस प्रकार के टूल्स जो की हमें अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण में सहायक होते हैं और वो जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं सब मिलाकर इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में रेफर किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर सब कुछ का आधार है वो सब जो हम कंप्यूटर के साथ करते हैं मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करे, क्योंकि यह प्रोग्राम लोगों की आवश्यक फंक्शनैलिटी को निर्धारित करता है ये सभी प्रोग्राम मिलाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं कुछ उदाहरण हैं अकाउंटिंग पेरोल इन्वेंट्री कंट्रोल ये ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है जिसके लिए कंप्यूटर को बहुत पहले समय से तैनात किया गया था परंतु बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि बैंक के ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर को कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है या सॉफ्टवेयर जो रेलवेज और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को हैंडल करने के लिए जरूरी है कम्प्यूटेशनल कार्य के लिए यहाँ स्पेशल सॉफ्टवेयर है जैसे कि सिमुलेटर्स, इक्वेशन सॉल्वर्स जिनोम सिक्वेंसिंग उदाहरण के लिए लाइफ साइंस के लिए यह सभी एप्लीकेशन बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्यतः लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रूप में कैरेक्टराइज किया जाता है इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं और इसे बहुत समय और प्रयास की जरूरत होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेषकर उन प्रकार की एप्लीकेशन जो कि कॉमन है और बहुत सारी संस्था द्वारा यूज की जा सकती है आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन के लिए पैकेज सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण है ईआरपी पैकेज या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस आप में से कुछ ने एस एपी का नाम सुना होगा या कंपनी द्वारा ईआरपी पैकेज जिसे कहते हैं। ये पैकेजेस जेनेरिक प्रॉब्लम को हल करते हैं और काफी बड़े होते हैं और कई मॉड्यूल्स होते हैं परंतु इन्हें प्रायः लोकल रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमाइज करने की जरूरत होती है इस प्रकार के कस्टमाइजेशन में प्राय कई प्रोग्राम लिखने होते हैं या पहले से उपलब्ध प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है उसके विरोध में एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेट परिणाम स्वरूप है जिसे बीस्पोक डेवलपमेंट कहते हैं बीस्पोक डेवलपमेंट का सामान्य अर्थ है पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पहले सिद्धांतों को लेकर यह देखकर कि आवश्यक कार्यक्षमता क्या है चाहे यह पैकेट सॉफ्टवेयर का आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज हो या बड़ा बीस्पोक डेवलपमेंट हो सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बड़े और जटिल होते हैं एम्बेडेड सिस्टम एक अन्य श्रेणी है जो कि बहुत ही विशेष है क्योंकि ये उन सॉफ्टवेयर को डिफाइन करती है जो कि किसी भी गैजेट या के अंदर यूज होते हैं यह दिलचस्प है कि एक आधुनिक दिनों में लगभग सभी फैमिलियर गैजेट जैसे कि वॉशिंग मशीन या टीवी सेट और यहाँ तक कि डिजिटल वॉच कैमरा लिफ्ट में और बड़े सिस्टम जैसे कार में और एयरक्राफ्ट में सभी गैजेट अंदर के कम्प्यूटर द्वारा चलते हैं जो गैजेट के अंदर होते हैं बेशक इनमें से सभी कंप्यूटर की कोई ना कोई विशेष कार्य है और ये कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो कि उन कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है जो इस प्रकार के गैजेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इक्विपमेंट भी एक अन्य उदाहरण है जहां आपके पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट वास्तव में सभी गैजेट में जो आज आप सोच सकते हैं इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और इस कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखना होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता यह है कि कोड साइज कॉम्पैक्ट होना चाहिए उदाहरण के लिए जो हम लिखते हैं उन प्रोग्राम के विपरीत जब कम्पाइलर और लाइब्रेरी के साथ लिंक करते हैं ज्यादातर टू या फोर मिलियन बाइट का कोड मिलता है जिसे एग्जीक्यूट करना होता है तो फिर यह एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है जहां मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है तो कोड को इसके कॉम्पैक्टनेस पर बहुत ही स्पेसिफिक एम्फेसिस आगे वर्जन में परिवर्तन करना मुश्किल होता है अन्य कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम जनरल पर्पस कंप्यूटर से यूज करते हैं को हम सिंपली लोड कर यूज करना शुरू कर सकते हैं परंतु कल्पना करें कि लाखों वॉच में कुछ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जो की दुनिया में विपरीत किया गया है यदि आप नेक्स्ट वर्जन के साथ आते हैं तो आप किस तरह वर्ल्ड की सभी वॉचेस तक पहुंचेंगे और सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट जनरेशन के लिए मॉडिफाई करेंगे सामान्यतः वर्जन में परिवर्तन या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है एम्बेडेड सिस्टम का डेवलपमेंट साइकिल बहुत ही लंबा होता है वह फाइनली वेब एप्लीकेशन को देखते हैं जिससे कि आप फेमिलियर होते हैं वास्तव में ईडीएक्स सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं वह वेब एप्लीकेशन ही है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जबकि जहां तक एंड यूजर का सवाल है उनके पास वेब इंटरफेस होती है तो उदाहरण के लिए मैं ब्राउजर ओपन करूंगा और मैं विशेष एप्लीकेशन से कनेक्ट हूंगा बेशक एप्लीकेशन नेटवर्क द्वारा एक या एक से अधिक बैकएंड सिस्टम से कनेक्ट होती है ज़्यादातर इंटरनेट से ये एप्लीकेशंस पहले इंटरनेट और फिर वेब की ग्रोथ के कारण बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी हैं ये प्रायः डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन प्रकार की होती है आपको एक उदाहरण देते हैं मान लें कि मुझे एयर टिकट लेना है मैं टिकट बुक करने के लिए एयरलाइन रिजर्वेशन साइट पर जाऊँगा ये मेरी पहली एप्लीकेशन होगी जो मैंने इन्वॉक की है एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और मैं टिकट सेलेक्ट करता हूं। मुझे इसके लिए पे करना होगा तो मुझे उस साइट द्वारा पेमेंट सिस्टम गेटवे के लिए निर्देशित किया जाता है जो कि वास्तव में एक अन्य एप्लीकेशन है जो कि अन्य सर्वर में लोकेटेड है हो सकता है हजारों मील दूर ये पेमेंट सिस्टम गेटवे मेरे क्रेडेंशियल को लेता है और बदले में मुझे मेरे बैंक या क्रेडिट कार्ड सिस्टम के बारे में गाइड करता है जहाँ एक्चुअली पेमेंट होती है ध्यान दें कि पेमेंट करने के बाद मुझे अपने आप ही पेमेंट सिस्टम गेटवे के बारे में गाइड किया जाता है फिर वापस एयरलाइन में आते हैं और तीन डिफरेंट एप्लीकेशन ये सुनिश्चित करती है कि यदि मुझसे मनी कलेक्ट कर ली गई है तो मुझे टिकट इशू हो या यदि किसी कारण से मनी कलेक्ट नहीं हो पाई है तो फिर कोई भी टिकट जो इशू हुई थी वह कैंसल कर दी जाए ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यह एप्लीकेशन को इंटरफेस की तरह एक्ट करना होता है और एक दूसरे से इंटरक्ट करना होता है सारांश में हमने सॉफ्टवेयर की वर्गीकरण का अध्ययन किया हमने समझा कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने और मेंटेन करने दोनों के लिए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है धन्यवाद